हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल संदीप टेक्निकल में दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर आप करने वाला हूँ अर्थिंग जो कि एक अहम भूमिका निभाती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए ठीक है तो चलिए देखते हैं अर्थिंग कैसे होता है और उसको करते हैं ठीक है देखिए ये पाइप और वायर लिया है मैंने ऐसे वायर को ऐसे ठीक से नीचे वाले को इस समय घुमाया देखिए इसी तरह करना है आपको ठीक ठीक है दोस्तों ये चाहे तो प्लेट आप लगा के कर सकते हैं अभी नीचे वाले हिस्से में प्लेट लगेगा एक लेकिन प्लेट नहीं है तो इसीलिए ये मैं अर्थिंग कर रहा हूँ ठीक है कॉपर का प्लेट लगाना चाहिए लेकिन ये जो कि कपर को वायर लिया है मैंने ठीक है देखिए ये अभी हम नॉट बोल्डिंग करेंगे ये जो नॉट और बोल्ट लिया है मैंने इसके ऊपर नॉट बोल्डिंग करेंगे हम ठीक है दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल की आइकन है उसको दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेगी तो आपको मेरे जो वीडियो में लाऊंगा आप देख नहीं पाओगे ठीक है और लाइक और शेयर करना मत भूलिए क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से आपकी दोस्त और भाई का भी भला हो सके इसीलिए ठीक है दोस्तों चलते है। अभी क्या करेंगे हम इसको अच्छे से टाइप कर देंगे देखिए कैसे होता है आर्थिंग देखिए अच्छे से मैं टाइट मार रहा हूँ स्पानर की मदद से मरना है टाइट क्योंकि नहीं तो लूज होगा ठीक है अच्छे से मरना है देखिए अब ये पानी निकला हुआ है अंदर से ठीक है इसको क्या करना है पहले पानी को बाहर निकाल देंगे इसीलिए इसी पानी निकल रहा है इसीलिए मैं ये तरीका अपनाया एक बकेट को होल किया उसके अंदर और इसके अंदर ही वो रखा है देखिए अभी कोल डाला है मैंने इसके अंदर इस तरह आपको करना है जहाँ कहीं भी पानी निकला हुआ है तो नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप अंदर दे सकते हैं कोल को ठीक है देखिए कैसे होता है अर्थिंग अर्थिंग एक है अहम भूमिका निभाते हैं है। ये ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए ठीक है क्योंकि यह सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ आप कहीं भी लगाओ आई थिंक जरूर करना चाहिए देखिए यह कोल है अभी कोल मैंने डाला नहीं तो पानी आ जाती है नीचे से और जो कोल है उसको ऊपर उठा हैं वो हटा है ना इसीलिए देखिए इसी तरह चलो साइड देना है आपको कोल ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको देखिए जो नीचे वाले इसको थोड़ा सा सॉयल की मदद मतलब से हम थोड़ा सा दे देंगे उसके बाद कोल देंगे क्योंकि जो कीचड़ हो गया है इसीलिए देखिए थोड़ा सा दे देंगे और उसके बाद ये हो गया है देखिए उसके ऊपर कोल अच्छे से देना है आपको देखिए अभी मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि ये जो सी साइड हिसाब से हम दे दी कोल ठीक है देखिए दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो शायद हम चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए ठीक है देखिए अभी क्या करना है हमको उसके ऊपर और थोड़ा सा कोल हम दे देंगे ठीक है देखिए ये थोड़ा सा दे दे दे दी मैंने और इसके ऊपर थोड़ा सा इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद हम देखे सॉल्ट देखिए ये सॉल्ट है ठीक है देखिए ऐसे तरह सॉल्ट निकाल कर आपको देना चाहिए अच्छे से अच्छा देना है क्योंकि अच्छा ज़्यादा जितना क्वांटिटी चाहिए लेयर लेयर वाइज बनाने के लिए ठीक है देखिए इसी तरह देना है क्योंकि ये नीचे पानी निकल रहा हुआ है इसीलिए ये बकेट में देना पड़ेगा ठीक है देखिए थोड़ा सा और दे देंगे सॉल्ट ठीक है इसी तरह आपको देना है ठीक से देखो वरना आपको जानकारी ठीक से नहीं मिलेगा ठीक है अभी क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बकेट पर ऊपर उठा देंगे क्या जो नीचे के कोल दिया हुआ है उसके ऊपर अच्छे से चला जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम सैंड उसको ऊपर उसके ऊपर डालेंगे ठीक है देखिए ये मैंने दे दी और इसको अभी निकाल दी क्योंकि नीचे दिया हुआ था इसलिए अब दोबारा कोल देंगे ठीक है देखिए अभी दोबारा मैंने दो लेयर दिया है अभी कॉल एक लेयर चला गया अभी दो लेयर हो गया ठीक है ठीक है ये, खोल दिया है मैंने दोबारा अब क्या करेंगे शॉल्ड देंगे उसके ऊपर दोबारा इस पहले आपको क्या करना है ठीक से लगाना है पाइप को ठीक है देखिए दोस्तों थोड़ा सा उसको क्या करेंगे हम साइज कर देंगे देखिए अच्छे से देकर लेर तीन लेयर करो या चार लेर करो आपका अच्छे से देना है क्योंकि ये जो फाइव फीट का हुआ है लेकिन इसका ये है आठ फीट लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकला है क्योंकि पानी निकला है अंदर से तो इसीलिए खुदाई नहीं हो पाई ठीक है देखिए अभी कोल अभी क्या करेंगे सॉल्ट देंगे ठीक है इसके भी इसके हिसाब से लेयर करेंगे ठीक है देखिए अभी अच्छे से देना है सब अब हम तीन लेयर करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छे से होगा आपका अर्थिंग और इसको लाइव टेस्ट करेंगे बाद में ठीक है दूसरे वीडियो में क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा इसीलिए ठीक है देखिए अभी मैंने शॉल्ट दे दी और उसको थोड़ा सा लेयर कर दिया मैंने ठीक है अब क्या करेंगे उसके ऊपर सैंड देंगे ठीक है देखिए ये सैंड हमने दे दी देखिए अब सैंड दे रहे हैं हम थोड़ी सी और इसके ऊपर और एक लेर करेंगे ठीक है तीन लेयर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आप चाहे चाहे तो चार लेयर कर सकते हैं पाँच लेयर कर सकते हैं ठीक है हम तीन लेयर करेंगे क्योंकि तीन लेर में भी अच्छा होगा कोई दिक्कत नहीं इसको टेस्ट करके बाद में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास की बेल के आइकन है उसको दबा दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए ठीक है दोस्तों देखिए अभी एक प्लेयर हो गया है अब क्या करेंगे हम इसको अच्छे से लेरिंग करेंगे उसके अंदर जाके ठीक है ये ठीक है अब क्या करेंगे दोबारा कोल देंगे उसके ऊपर ठीक है ये लेयरिंग हो चुकी है हमारी देखिए अभी कोल मैंने डाला उसके अंदर ठीक है तो जो कि अच्छे से आपको लेयरिंग करना है लेयरिंग नहीं होगा तो आ थिंग ठीक से नहीं होगा इसीलिए देखिए ये दोबारा कोल हमने दे दी ठीक है इसी तरह आपको तीन लेयर करना है ठीक है देखिए ये हो चुकी है अभी इसको थोड़ा सा लेयरिंग कर देंगे ठीक है हाथ लगा के देखिए अभी लेयरिंग हो चुकी है अब इसके ऊपर शाल्ट डालेंगे दो दुआरे ठीक है देखिए दोस्तों भी डाल रहा हूँ देखिए इसी को भी अच्छे से लेयरिंग करेंगे उसके बाद उसके ऊपर शैंड डालेंगे दोबारा से ठीक है देखिए ये लेयरिंग हो चुकी है अभी ठीक है इसी तरह आपको करना है अब तो क्या करेंगे उसके ऊपर सान डालेंगे ठीक है ठीक है ये सान लेयरिंग करेंगे उसके बाद थोड़ी सी सॉइल दे देंगे और उसके बाद फिर दोबारा सान देंगे ठीक है कि नीचे में पानी देना नहीं चाहिए